सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय भवन में नए आधुनिक एटीएम का उद्घाटन किया गया इस नए एटीएम को नवीनतम टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाया गया है लक्ष्यकार ने किया भोपाल स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय भवन में नए आधुनिक ए टी एम के उद्घाटन के दौरान राज्य वित्त विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्ष्यकार उप प्रमुख अतुल सहाय उप महाप्रबंधक धारा सिंह नायक के साथ बड़ी संख्या में बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे नए एटीएम को लेकर धारा सिंह नायक ने बताया कि एटीएम को सुरक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है नया एटीएम नवीनतम टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है इस एटीएम का उपयोग ग्राहक आसानी से कर सकते हैं सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख बी आर रामाकृष्ण नायक ने बताया की नया ए विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट ग्राहकों को प्रदान करता है जिससे ग्राहकों को भुगतान में सुविधा रहती है आपराधिक गतिविधियां होने पर सेंट्रल सर्वर को सूचना तुरंत पहुंच जाएगी और इसी के आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी लक्ष्य दस बजे तो ये जो ख़ासकर इसकी जो फीचर्स नया जो लगाया है अभी जो पहले से जो था वो फ़ीचर्स की बहुत इम्प्रूवमेंट लाई गई है ये एटीएम मिशन में जो सिक्योरिटी फ़ीचर्स जितने भी थे वो बहुत सारे सिक्योरिटी इम्प्रूव किए गए हैं इसमें हाल ही में जो कोई भी जो यहाँ पे जो फीचर उनको जो लगता है कि संदिग्ध में कुछ लगता है यहाँ पर कुछ हो रही है और क्लिनलीनेस नहीं हो नहीं तो ये जो कैश नहीं डिस्पेंस नहीं हो रही वो और जिस सिक्योरिटी फीचर्स में यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे 20 सेकंड्स सार बी कुछ उनकी जो कुछ संदिग्ध में लगता है तो ऑटोमेटिक मिशी पूरे ब्लॉक हो जाती है सर सिक्योरिटी यूजर में ये तरीका से इसमें हम ऊपर से जो फीड करके रखे हैं आप इवन ट्वेंटी सेकेंड थर्टी सेकेंड अंदर रहेगा तो भी एक नंबर रहता है वो नंबर का ऊपर आपको ही चले जाएगी मैसेज चले जाएगी अब आप, आपको लग रहा है कुछ इसको डिसमाल कोई हाथ लगाना है कुछ टच करना है कुछ गड़बड़ करना है इमीडिएटली इसकी सर्वेलेंस कहाँ है वहाँ पे मैसेज पहुँच भले वो कुछ मास्क लगाए कुछ भी करेगा बट मैसेज तो पहुँच जाएगी सीधा सेंट्रल विजिलेंस अपने जो हमारी जो अलग अलग नंबर यहाँ पे दे चुके हैं वो कनेक्टेड है आप कुछ भी इसको टच करने जाए दूसरी तरीका से तो दे विल गेट इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स में उसको मैसेज चला जाएगी ये ए में ये जगह पर ये प्रॉब्लम हो रही वहाँ से हमारे को इमीडिएटली मैसेज आ जाता है इवन हमारी जो कनेक्टेड पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी मैसेज चले जाता है ये आपका एटीएम में प्रॉब्लम हो रही है इमिडिएटली तो हम उसको इमिडिएटली अटैक कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स और मिनट्स में इसकी मेन फीचर ये है या या सी बी इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नो वी आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग अवर कस्टमर सर्विस इज अगजिम लेवल ए इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिलीवरी चैनल्स एंड इसमें We want to give the latest technology. So, in this effort, we have started, uh, you know, reinstalling all the, replacing all the ATMs with the latest technology ones. The the one which we have installed now here is also of the latest version, and customer will have speed and security both together. And uh, this we are going to implement in, in entire Bhopal very shortly.